जजगर की एक फाउंडेशन यानी शुरुआत हुई थी मैं अभी उसी जगह पे हूँ और डबराल जी शिव प्रसाद डबराल जी जिन्होंने इसकी नींव रखी थी वो मेरे साथ में हैं मैं उनसे पूछूंगा कि किस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की डबराल जी मैं स्वागत करूंगा आपका जागो उत्तराखंड में अभी मैं उसी स्पॉट पे हूँ तो आप थोड़ा सा बताएँगे जब आपने शुरुआत की इसकी अच्छा धन्यवाद पंत जी एक्चुअली ये जसगर जो है गुरुद्वार से लगभग पंद्रह किलोमीटर दूर है और ये जो मेन हमारा नेशनल हाईवे है पौड़ी मुरादाबाद वाला इस वाले जो नेशनल हाईवे है इसमें ये यहाँ से तीन किलोमीटर हटके है इस समय हम लगभग पैंतीस फीट के अल्टीट्यूड पे खड़े हैं तो हमारा क्या है कि जब मैं इस मतलब इस स्थान पे आया था क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं पर्यटन का शुरुआत करना था तो यहाँ पर जमीन बहुत ज्यादा ऊपर खबर थी या तो ये जमीन जो आपको पीछे दिख रहा होगा इस प्रकार की यहाँ पर चट्टे थी या आपको अगर उस वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो जैसे वो बड़े बड़े आप पत्थर देख रहे हैं बड़ी बड़ी सुरंगे गुफाएं इस टाइप से यहाँ पर था तो सबसे पहले हमने क्या करा कि मेरा दो वो था क्योंकि तो प्रकृति हमारा पहला जो उद्देश्य है वो है प्रकृति प्रकृति के अंदर नेचर के अंदर लोगों को ले जाना दूसरा हमारा उद्देश्य है हेल्थ को लेकर हम प्रकृति के अंदर हमें एक प्राकृतिक चिकित्सा लोगों को प्रोवाइड कर सके किसी भी नेचर के हिसाब से होगा तो अपने आप जो है और तीसरा जो हम लोगों ने सोचा है वो सोचा कि हम लोगों को साहसिक खेलों की तरफ ले जाए उसके लिए तो इस जगह में सिर्फ मतलब पूरी जमीन में मैंने कल रात भी बताया था आपको हमने छह हजार ट्रक से ज्यादा पत्थर पोड़े तो 6000 हजार ट्रक पत्थर अपने हाथ से तोड़ना अपने आप हाँ में बहुत बड़ा चैलेंज था तो ये ज़मीन पूरी तरह से ऊपर खबर थी या आप यूँ कह सकते हैं कि ये चट्टान के ऊपर जो पेड़ खड़े हैं पेड़ों के बीच में जो है ये सिर्फ चट्टान हुआ करती थी तो सबसे पहले ये जगह हमारे पास थोड़ा सा लेबल था इस जगह में हमने एक टीन शर्ट बनाया था और मैं आपको फोटो वगैरह भी उसमें प्रोवाइड कर सकता हूँ फिर टीन शर्ट बनाने के बाद में तब हमने जो आपके सामने झोपड़ी सी देखनी हुई इसमें हमने रसोई वगैरह बनाई उसके बाद हमने इसकी जमीन की लेबलिंग वगैरह शुरू करी थी यहाँ पर जैसे पानी बहुत बड़ा हमारे लिए चैंज था पानी की सुविधा हमारे पास थी बिजली हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था बिजली यहां तक लाना जो है तो उन चीजों को भी हमने धीरे धीरे जोड़ना शुरू करा तो यहीं से हम लोग चले थे बाकी अगर आपको तो दिखाऊंगा तो हमने और क्या करा था कि पेड़ों को हमने कहीं पर नहीं छेड़ा जितने भी हमारे पास पेड़ थे अगर आप छोटी सी झोपड़ी का एग्जाम्पल लेंगे तो ये झोपड़ी यहां तक इसलिए बनाएगी कि आप ये देखिए पेड़ में जो है ये पेड़ है ये पेड़ है ये पेड़ उधर भी पेड़ है उतने पार्ट में हमने अगर आप इस डोम हाउस पर नजर डालेंगे अगर आप इसे देखिए इसमें बिल्कुल चिपकते हुए आपको चारों तरफ तो पेड़ पर्टिकुलर इतनी जगह बीच में खाली थी हमने उसी जगह में उस बनाया अगर आप इस डोम को देखेंगे ये वाला जो आप देखेगा की तरफ देखेंगे, आप देखेंगे कि उसका वाशरूम छोटा है इस पर्टिकुलर डोम का छोटा इसलिए तीनों तरफ तो तो पेड़ आ गए थे हमने क्या करेगा पेड़ों के अंदर क्योंकि हम पेड़ों से हम लोग है तीन हजार पेड़ से ज्यादा हमारे पास में जसगर रिजोर्ट के अंदर तीन पेड़ों का जंगल है उसके बावजूद भी लगभग लगभग हम अब तक आठ पेड़ यहाँ पर लगा चुके हैं मैंने सिर्फ इस साल 250 पेड़ देवदार के लगाए हैं और 300 पेड़ हमने इस साल जो है नीम के लगाए न सिर्फ जसगर में जो बगल में हमारा गांव है जिस गांव में जसगर स्थित तो है उमरेला गांव उमरेला गांव में भी हमने 200 पेड़ नीम के लगाए और अगले साल पिछले से पिछले मतलब पिछले तीन सालों में लगभग लगभग हम ढाई पेड़ यहाँ पर लगा चुके हैं तो धीरे धीरे प्रकृति के अंदर लोगों को जो है अगर आप आगे देखेंगे तो ये जगह जो आपको दिखाई दे रही है ये जो रास्ते हैं तो रास्ते हमने क्या करके वही अपने जो पठाल पुराने मकान जो टूटे हुए थे उसी का पठाल लेके हम लोगों ने रास्ता बनाया है कंस्ट्रक्शन पे हमने कम से कम कोशिश कराए कि हम ज्यादा बहुत ज़्यादा इसको डिस्ट्रॉय ना कर सकें आप अगर ये देखेंगे जितने भी ये चटाने वगैरह दिख रही होंगे आपको अभी आप देवदार का पेड़ देखेंगे तो ये पिछले साल का पेड़ है अगर आप इसकी हाइट देखेंगे तो ये देखिए आप ये पूरा अगर आप इसकी हाइट देखेंगे तो ये लगभग लगभग तीन फीट अपना क्रॉस कर चुका है जबकि देवदार के पेड़ को तीन फीट अभी अगले साल तक ये छः साढ़े फीट तक दो साल के अंदर अंदर ग्रोथ कर जाएगा कारण क्या हम लोगों का खाद का प्लांट है कैचों पालन का हम लोगों का काम है हम एक एक पेड़ में 20 बीस किलो हम लोगों ने खाद डाल दीजिए तो ग्रोथ अच्छी पकड़ता है पानी हमारे पास यहाँ पर अच्छा है इसको ना हम लोग उत्तराखंड का पहला स्पाइस गार्डन बनाने जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे जैसे लेमन ग्रास लगा हुआ है हम लोग यहाँ पे जो है ऐसे इसमें हमारे पास में कड़ी पत्ता हो गया उसके अलावा हमारे पास ये छोटी इलायची बड़ी इलायची पार्सले थाम चाय जीरा जख्या हल्दी अदरक ये तमाम तरह के जितने भी स्पाइस वर्ड ओवर होते हैं उसका हम छोटे छोटे छोटे छोटे मॉडल्स इसमें मतलब लगाने वाले हैं उसका कारण यह है कि हम दो चीज़ों को एक साथ कवर कर रहे हैं एग्रीकल्चर को कवर कर रहे हैं और साथ साथ में टूरिज्म को कवर कर रहे हैं बिना खेती के हम लोगों का सरवाइव करना मुश्किल है इसलिए उसको कवर करना ज़रूरी है आज की तारीख में पर्वतीय जिलों में अगर आप देखेंगे तो खेती पूरी तरह से उजड़ चुकी है नाम मात्र की खेती बची हुई वो भी शायद मुझे लगता है कि आ, बहुत मजबूरी में शायद खेती हो रही है कुछ लोग शौके काम को कर रहे हैं अदरवाइज अगर हमें जहाँ तक आप नज़र देखेंगे आप लोग पौड़ी से चल के आए हैं तो ज़्यादातर नब्बे से ज़्यादा एरिया वो बंजर और बीहड़ में कन्वर्ट हो गया है अभी आप ये रास्ता ये भी अगर देखिए जैसे ये डोम्स है तो ये भी आप देखो चारों तरफ पेड़ों के बीच में ये डोम हाउस में बनाया है उसी प्रकार से अगर आप इस तरफ भी देखेंगे तो ये ऐसा नहीं था यहाँ पे इस तरफ अगर आप ध्यान देंगे ये यहाँ पर एक 25 फीट ऊंचा एक चट्टान हुआ करता था उस पूरे चट्टान को काट के हम लोगों ने इस तरफ भाँण करके फिर तब जाके इसके साथ हमने डोम्स यहाँ पे लगाए हैं अभी आपको कुछ चीजें और दिखाता हूँ मैं जैसे ये पत्थर है ये पत्थर यहाँ पर थे नहीं ऐसे ये ये मिट्टी के नीचे दबे हुए पत्थर थे यहीं पर जब हमने मिट्टी की कटान करा चटान का कटान करा फिर उसी समय रिटेनिंग रिटर्निंग लगा के तब जाके ये मिट्टी वगैरह हमने भरान करी हम लगभग 500 ट्रक से ज्यादा मिट्टी तो हमने सिर्फ यहाँ पर लेबलिंग वगैरह में ही करी है तो धीरे धीरे करके जसगर अपने उसमें आने लगा किसी फ्लो में आने लगी अगर आज की तारीख में आप देखोगे तो मुझे लगता है कि लैंसडाउन में आने वाले जिन जिन लोगों ने भी जसगर देखा है या जो भी लैंड में आते हैं उनका एक ड्रीम होता है कि हम एक जसगर जसगर में एक दिन मतलब यहाँ पर रहने का मौका मिलता फिर ये देखिए कि पर छह छः सात जो डोम हाउस हैं रात इंटीरियर मैंने आपको दिखाई दिया था अगर आप पेड़ भी देखेंगे तो ज़्यादातर हम लोग अभी ये अभी जो फूल हमने लगाए हैं ये धीरे धीरे करके हम रिप्लेस कर देंगे तो हमने अगर आप देखेंगे तो कहीं पर कड़ी पत्ता का प्लानेशन करा हुआ है कहीं पर अरक का प्लानेशन है कहीं पर हमारे पास में हल्दी है उसके अलावा हम तेज़ पत्ता हम लोगों ने लगाया हुआ है हमारे पास छोटी इलायची यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रो हो रही है बड़ी इलायची हम ग्रो कर रहे हैं आज तो एज स्पाइस गार्डन में हम इसको डेवलप कर रहे हैं एक चीज़ मुझे आपसे पूछना है जिस तरह से 20 साल उत्तराखंड को बने हुए होंगे और पर्यटन यहाँ का एक सबसे बड़ा राजस्व का जरिया भी माना जाता है उत्तराखंड सरकार को जो 20 साल में नहीं कर पाई वो आपने करीब चार साल में करके दिखाया और व्यक्तिगत मेहनत से बिना किसी सरकारी जो मदद के क्या संदेश आपका उत्तराखंड सरकार को रहेगा जो आगामी सरकार होगी देखो उत्तराखंड सरकार के देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो काम उत्तराखंड सरकार कर रही है वो मैंने कर दिया है हाँ मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपना सर्वोत्तम दे रहा हूँ मतलब इस प्रदेश के विकास में इस प्रदेश की समृद्धि में ये प्रदेश में स्वरोजगार सरो, के सृजन के लिए जो मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ वो मैं सर्वोत्तम कर रहा हूँ हाँ मेरी सरकार से कुछ शिकायतें जरूर हैं कि बस सड़क आपका पार्ट है सड़क तो सरकार तो बनाएगी ना तो आप कम से कम हमें सड़क तो ढंकी थी आप झाड़ियाँ देखेंगे सड़क में सड़कों में गड्ढे पड़े हुए दोनों तरफ से झाड़ी आकर मिलान हो चुकी है जनप्रतिनिधि यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है मैं पानी की व्यवस्था सड़क की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था मुझे लगता है कि उत्तराखंड को किसी भी रिजॉर्ट को या किसी भी होटल के या किसी भी काम करने वाले को ये तीनों चीजें कम से कम शुरुआत में तो फ्री में देनी चाहिए फ्री का छोड़िए पिछले ढाई साल से हमें कनेक्शन नहीं मिल रहा है कभी सिंगल विंडो सिस्टम के नाम पर कभी किसी न किसी नाम पर हम लोगों को टाल दिया जाता है एक चीज दूसरी चीज मैं आपको एक, एक नॉर्मल बात बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में बहुत सुंदर नदी है खो नदी है पर्यटन यहाँ पर क्यों आ रहा है वो जंगल के लिए आ रहा है ग्रास के लिए आ रहा है वो यहाँ पर नदियों के लिए आ रहा है वो यहाँ पर तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए आ रहा वो बर्फीली चोटियाँ देखने आ रहे हैं आप उसमें इन तमाम तरह की चीज़ों पे आपने बैन लगाया हुआ है आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर दुगड्डा में स्थित खो नदी में अगर एक टूरिस्ट नहीं ना आएगा तो कौन आएगा कौन जाएगा जो जो आदमी हमारे तो नॉर्मल हम लोग तो नहाते ही हैं लेकिन टूरिस्ट के लिए आपने बोर्ड लगा दिए मैं आपको कल की घटना बताता हूँ कल यहाँ पर वन विभाग का एक फॉरेस्टर आता है और वो मेरे गेट पर एक चश्मा कर जाता है कि कोई भी होटल होटल वाला जंगल में कूड़ा नहीं फेंकेगा कोई टूरिस्ट नहीं फेंकेगा कोई टूरिस्ट फेंकेगा तो होटल वाले की जिम्मेदारी हो जाती है होटल वाला अगर कोई वन्य जीव आता है तो हमें सूचित करेंगे मैं तो हम क्यों सूचित करेंगे उनको हम क्यों उन्होंने हमें ऐसा कौन सा अधिकार दिया वन विभाग ने या कौन सी वो हमें सुविधाएं दे रहे हैं या सरकार और अगर नहीं करेंगे तो होटल वालों के खिलाफ इसमें वैधानी जो भी मेरे गेट पर चिपका रखा है मेरे रिसेप्शन पर चिपकाया हुआ है आप ये बताइए कि आपके पास में ये जो लोग हैं या वो पुलिस है वो चालान करने के लिए नदी में बिठा दिए, जंगलात वाले हैं, वो वो जो बोर्ड चश्पा कर रहे हैं वो होटल के गेट में कर। मैं गलत नहीं बोला इस प्रकार से टूरिज्म नहीं बढ़ेगा उत्तराखंड के अंदर जितना भी टूरिज्म चल रहा है जितना भी टूरिस्ट चल रहा है वो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर हिम्मत करी है होटल बनाने की कुछ लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में रिजोर्ट बनाने की हिम्मत करी है और उन कुछ लोगों को आप ने किसी न किसी तरीके से परेशान करने जाने बजाय सुविधा देने के मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है ना मेरा मैं आपसे बताऊं अगर आप अगर मेरे से कोई भी आदमी कोई भी जनप्रतिनिधि या उत्तराखंड सरकार का कोई भी नुमाइंदा मेरे पास में आता है तो मैं उसको तथ्यों के हिसाब से बता दूंगा मुझे बताइए तो सी आपने मेरे को सुविधा क्या दी है मेरे से संबंध शिव डबराल से नहीं है शिव डबराल तो आज है कल नहीं रहेगा लेकिन उत्तराखण्ड प्रदेश रहेगा उत्तराखण्ड प्रदेश में आने वाले समय में क्या क्या चीजें होनी चाहिए भाई मुझे लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि उत्तराखंड में पिछले पाँच साल में या पिछले दो साल में किस किस ने रिज़ॉर्ट बनाया है किस किस ने साहसिक खेलों में एडवेंचर स्पोर्ट्स में कोई ना कोई काम किया है किस किस ने होटल बनाया है या कौन कौन लोग यहाँ पर कर... उन लोगों को बिठाइए तो सही आप ये ब्यूरोसी से आप इन प्रशासनिक अधिकारों से बाहर तो आइए तभी तो आपको पता चलेगा वो तो वो तो लगे हुए उनको तो हर चीज़ पेपर में आपको अच्छा से अच्छा दिखाना है लेकिन आप देखें तो सही बुरा से बुरा क्या हो रहा है तभी तो आपको पता चलेगा तो ये तमाम तरह की चीजें हैं तो मेरी शिकायत कुछ नहीं है मैं इस संघर्ष को अपना एक मुझे लगता है एक न एक दिन तो हम लोग सफल होंगे होंगे एक न एक दिन हमारा प्रदेश बहुत समृद्ध होगा लेकिन ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसके कारण से कि यहाँ पर काम करने वालों को समस्या आ रही है यहाँ पर काम करने वालों को मैं आपसे बता दूँ मैं तीन चार चीजें बता दूं मैं अगर छोटी सी बात बता रहा हूँ एक उत्तराखंड का बेरोजगार एक उत्तराखण्ड का बेरोजगार इस चीज़ को आप ध्यान से सुनीगा अगर एक उत्तराखण्ड का बेरोजगार किसी जगह में होटल बनाना चाह रहे हैं वो कागजी कार्रवाई में ऐसे ज्यादा फंसता है ऐसे उलझता है उसका मूल उद्देश्य ही गायब हो जाता है अब मैं अगर आपको जसगर रिजॉर्ट की बात करूं तो अगर मैं इसमें बिजली का खर्चा पानी का खर्चा और अगर उसका नक्शा पास करवाने का खर्चा जोड़ दूँ तो ये तीनों मिला 40 चालीस लाख रुपए से ऊपर है तो जो एक आदमी बेरोजगार है अगर उसको इन तीनों सुविधाओं को जोड़ने में मैंने बता अभी मैं सड़क पर नहीं जा रहा हूँ अभी मैं बिजली पानी और नक्शा ये तीन चार चीजें अगर मैं इन चीजों को मिला लूं तो चालीस लाख रुपए से ऊपर है कोई चालीस लाख रुपए किसी को अगर देने पड़ेगा तो उत्तराखंड में काम क्यों करेगा और जिस बेरोजगार के पास में चालीस लाख रुपए होंगे तो बेरोजगार कहां से हुआ है तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं इसको शॉर्ट आउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है बहुत ज्यादा आप पूछे तो सही कितने लोगों ने बिजली के लिए अप्लाई करा आपने उनको बिजली का कनेक्शन दिया आप पूछे तो सही मेरे पास में उत्तराखंड सरकार के जो भी यहां पर जय था जल संस्थान में उसका लिखा हुआ लेटर है कि हम आपको पानी नहीं दे सकते और पानी मात्र एक किलोमीटर दूर है मैं ढाई साल से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास में बिजली का कनेक्शन आ जाए लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है और हमें जो डोमेस्टिक मिला रहा है उसमें भी वो कुछ ना कुछ परेशान करते रहे तो मेरा मेरा बिजली विभाग से या जल संस्थान से या सरकार से समाज से किसी से कोई शिकायत नहीं है तो मेरा एक ही संदेश है कि ये जो छोटी छोटी सी सुविधाएं हैं इसमें किसी भी निवेश करने वाले को या किसी भी काम करने वाले को परेशानी नहीं हो इसका सरकार को ध्यान देना चाहिए बाकी तो हम कर ही रहे हैं ना हमें सरकार की जरूरत कहाँ पर है मैं आपको बता दूँ कहाँ सरकार की जरूरत है जहाँ पर हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे जहाँ पर मेरी सामर्थ्य खत्म हो जाती है वहां पर मुझे सरकार की जरूरत है जहाँ पर मुझे बिजली की मुझे बिजली के कनेक्शन में परेशानी है मेरा डोमेस्टिक तो चल ही रहा है ना मेरा कमर्शियल तो चल ही रहा है लेकिन जहाँ पर मुझे कमर्शियल कनेक्शन चाहिए वहाँ पर मुझे सरकार की जरूरत है मुझे सरकार की जरूरत कहाँ पर है यहाँ से लेकर गेट तक अगर आप देखेंगे चाहे मैंने पठाल का रास्ता बनाया चाहे मैंने सड़क बनाई है ये मैंने बिल्कुल प्रॉपर बनाया हुआ लेकिन गेट से लेकर नीचे तक की जो सड़क तो सरकार का काम है मेरा काम थोड़ी है सरकार की जरूरत मुझे वहां पर जहां मेरे सामर्थ्य खत्म हो जाती है और जहां मेरे सामर्थ्य खत्म हो जाती है मेरे सामर्थ्य की वृद्धि के द्वारा ही सरकार के भी समृद्धि है तो ये तमाम तरह की चीजें हैं प्रश्न है आने वाले समय में इन चीजों का भी होगा आ, बाकी मैं आपको थोड़ा नीचे एडवेंचर पार्क वाला हिस्सा दिखाता हूँ और क्या क्या चीजें यहाँ पर बनती है आप ये देखेंगे जो भी ये जो जगह बनी हुई है ना हम यहाँ पर चालीस से ज्यादा सीट आउट बनाने जा रहे हैं कि जहाँ पर टूरिस्ट अपना पिकनिक कर सकता है भाई माना टूरिस्ट दिल्ली से आया वो रूम में रह रहा है, उसको आउटसाइड क्या देना जा रहा है? एक तो ये कि नॉर्मल होटल है तो हम क्या आउट आउटसाइड में भी उसके लिए एक्टिविटीज आने जाए ये हम लोगों ने एडवेंचर पार्क बनाया हुआ अगर आप इस तरफ देखेंगे और ये ये जिप लाइन का हम लोगों का ये मेन स्टैंड है यहाँ से अभी लगभग एक मीटर की जिपलाइन यहाँ पर चलाते हैं और इस वाले पूरे के पूरे पार्ट में आप देखेंगे तो बर्मा ब्रिज है टायर ब्रिज है वायर ब्रिज है स्टेयर्स लगे हुए हैं कमांडो नेट लगी हुई है उसके अलावा टनल्स बनी हुई हैं तो ये हमने बच्चों के खेलने के लिए एक पेड़ों के बीच में एक नेचुरल एक, एक जो है एडवेंचर पार्क हम लोगों ने बनाया तो इस टाइप से जो है प्रकृति को आप ये देखिए मैं वही जो पेड़ अगर आप पेड़ों की सिलसिला देखेंगे देखे, रास्ते में किसी भी जगह में तो पेड़ों को बिल्कुल नहीं छाया जो है डबराजगी ये क्या है थोड़ा सा आप बताएंगे ये एक्चुअली क्या है ना मैंने आपको बताया कि मैं उत्तराखण्ड का पहला स्पाइस गार्डन बनाने जा रहा हूँ मैं बेसिकली जब मैंने गोवा केरला की विजिट करी तो वहाँ क्या है जितने भी उनके पास में टूरिस्ट प्लेस हैं उन जगहों में उन्होंने स्पाइस गार्डन बनाए हुए हैं स्पाइस मुझे लगा कि उत्तराखंड को भी स्पाइस गार्डन की जरूरत है कम से कम आने वाली पीढ़ी को हम कुछ चीज़ तो जानकारी दें तो ये जैसा आप देख रहे हो ये छोटी इलायची है यहाँ पे जो लगे हुए हैं ये एक पेड़ में लेके आया था आज मेरे पास में लगभग लग लगभग लग सात लग हज़ार पेड़ छोटी इलायची है उसके अलावा अगर आप इधर देखेंगे तो ये अगर आप इस वाले पार्ट में देखेंगे तो ये हम लोगों ने बड़ी इलायची लगाई हुई है ये जो है और इस साल मैंने आपको बताया कि हमने ढाई पेड़ पिछले साल हम लोग देवदार के लाए थे तो हमने इस बार उन जो पिछले साल के जो पेड़ थे वो इस बार हमने प्लांटेशन कर दिया तो आपको दो ढाई साल के पेड़ दिख रहे हैं अब अगले साल के लिए हमने ये पेड़ पहले से नर्सरी बना दिए। जो हम वन विभाग से पेड़ खरीद के लाए खरीद के लाएं सर तो जो हम वन विभाग से पेड़ खरीद के लाए हैं उन पेड़ों को अब हमने हाथ के साथ कनेस्टरों में भर दिया है ये वो कनेस्टर है जो हम रीयूज कर रहे हैं जो हमारे किचन में खाली होते हैं रिफाइन वगैरह तेज के जो है अब उन कनेस्टरों में हमने ये देवदार के पेड़ यहाँ पर लगा दिए अगले साल तक जब दो फीट के बजायेंगे तो जून के महीने में इनका प्लांटेशन कर देंगे प्लांटेशन का जो सर्वोत्तम समय है वो जून का दूसरा हफ्ता होता है तो जून में हमारे 22 तारीख 22 जून से पहले पहले पेड़ अपनी जगह में लग जाने चाहिए इस टाइप से हम लोगों ने आपको बड़ी की हुई। ये अगर आप देखेंगे इसमें ये हल्दी का प्लांटेशन है उसके बाद में फिर अदरक फिर पार्सले थे आपका जीरा जख्छा जो जो जैसे जैसे सीजन में जो जो भी मसाले होते हैं वो सारे तमाम तरह के मसाले हम लोग यहाँ पे मतलब यहीं पर ग्रो करते हैं उसके अलावा ये हमारा एडवेंचर पार्क है अगर आप देखेंगे ये हम लोग एडवेंचर पार्क में मतलब ये जैसा हमने ये सब हमने पेड़ों के बीच में लगाया हुआ है इसमें हमने खेल का काम कोशिश तरीके की सबसे कम से कम हो ये जैसा हम लोगों ने एक झूला लगाया हुआ है उसके बाद में आप देखेंगे और इस तरफ एक ये नेट लगी हुई है जिसमें बच्चे अपना खेलने का काम कर रहे अपना चढ़ के जो है और उसके अलावा ये रोक है टाइम रोप है जिप लाइन है, है, ब्रिज कमांडो नेट है उसके अलावा ये टनल्स है ये थोड़ा जसगर में ये जो जमीन है इसमें क्या है कि बड़ी बड़ी गुफाएं थी पहले तो अभी तो हम लोगों ने वो बंद कर दिया लेकिन एक आध गुफा हम लोगों ने इसमें खुली छोड़ी है कुछ हमारी कोशिश है कि हम केब हाउस भी हम यहाँ पर बनाए एक आप पीछे की तरफ देख लोगे तो ये हमने पहाड़ी स्टाइल में होम स्टे के लिए बनाए हुए हैं इस टाइप से भी तेरह चौदह कमरे हमारे बनने हैं तो ये क्या है कि ये जो होम स्टे का हमने मकान बनाया है किसी को लंबे समय के लिए रहना तो इसमें हमने क्या करा है कि एक एक छोटा छोटा सा किचन भी दिया हुआ है ताकि आने वाले समय में किसी को एक महीना दो जैसे पिछले साल लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी तो पांच परिवार हमारे यहाँ लगभग 32 दिन रहे तो उनका ये कि अपना खाना बना रहे अपना रह रहे इस टाइप से भी हम लोगों ने कराए तो ये हो गया हमारे पास होम स्टे भी हो गया डोम हाउस हो गया रिजॉर्ट हो गया और साथ साथ में हम एक होटल भी बनाने जा रहे हैं इन तमाम तरह के बीच में हम एक एम्पी बना रहे हैं जिसमें कि पाँच से ज़्यादा लोग किसी भी इवेंट में इकट्ठा हो सकते हैं आने वाले समय में हमें उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना है तो हम एक हॉस्टल भी उसके लिए बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास में उत्तराखंड के विकास से संबंधित कोई भी अगर आपको एक्टिविटीज करनी है तो जसगर उसके लिए एक प्लेटफॉर्म का, का काम करने वाला है तो इसलिए जसगर जो है होटल रिजॉर्ट नहीं बना ठीक हमने आज की तारीख में इसको होटल रिजॉर्ट नाम दिया है लेकिन जसगर आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करने वाला है तो उस प्लेटफॉर्म पर जो जो भी सुविधाएँ चाहिए वो सब कुछ आपको जस घर में मिलेगा और आप इस तरफ देखेंगे कि तो हमने बारह मासी नींबू की नर्सरी तैयार करी हुई है ऊपर देखेंगे तो आपके कालिया नींबू की हमने नर्सरी इवन कुछ पेड़ों पर तो नींबू लगे हुए भी हैं अभी जो है पेड़ों में फैलू में है इसके अलावा देखेंगे तो ये लगभग लगभग चार पेड़ हम लोगों ने इस साल हमने बांस के ग्रो करें तो नेक्स्ट ईयर ये पेड़ हम जो है जब यह सात सात आठ फीट के होंगे तो फिर जून के महीने में वापस प्लांटेशन में चले जाएंगे आप अगर ऊपर ध्यान देंगे तो ये पैंतीस फीट की हमने रॉक क्लाइंबिंग वाल बनाएंगे इस जगह में और इस तरफ अगर आप देखेंगे इस तरफ ये जो है अगर आप आगे चलिए तो ये जो है ये हमने 40 फीट के लगभग 40 फीट के रॉक क्लाइंबिंग वाल हम लोगों ने ये बनाई है उसके अलावा आप और किसी की तरफ अगर नजर दौड़ाएंगे तो इक्यावन फीट के रॉक क्लाइंबिंग वाल हम वहां बनाने जा रहे हैं तो हमारे क्या के, के जसगर में जो भी चीज पहाड़ में हो सकता है आपका ट्रैकिंग कैंपिंग माउंटेनियरिंग उसके बाद टूर जंगल सर्वाइवल जंगल कैंप जंगल सफारी ग्रास लैंड टूर ग्रास की ट्रैकिंग ग्रास की कैंपिंग रॉक क्लाइंबिंग रैपलिंग ट्री जुमारिंग इस प्रकार की पचास से ज्यादा एक्टिविटीज आपको सिंगल प्लेटफॉर्म मिलें। में मिलेंगी ये मेन जस है तो आने वाले समय में ये टूरिज्म के क्षेत्र में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक बड़ा रोल प्ले कर सके उस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करने जा रहे हैं जी धन्यवाद देवराल जी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और उत्तराखण्ड सरकार को मैं अपने जागो उत्तराखण्ड के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह से आपकी जो सरकारी योजनाएं हैं जहां आप कागजी कार्रवाई में इतना ज़्यादा इंसान को लटका देते हैं जो काम करना चाहता है आप उसे थोड़ा सा एक लचीला उस प्रक्रिया को बनाइए ताकि जो आने वाले जो उत्तराखंड के विकास में जो लोग भी योगदान दे पाएं या जैसे डबरा जी जैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जैसे मूलभूत सुविधाएं इन्होंने बताया कि रोड की कनेक्टिविटी अगर अच्छी है तो पर्यटक को आने में भी कोई समस्या नहीं होगी तो सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे मैंने अनुभव किया यहाँ पे सड़क की व्यवस्था पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था जो सरकार की एक नैतिक ज़िम्मेदारी भी है अगर आप तो यहाँ पहाड़ों में पलायन को रोकने की अगर बात करते हैं तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा सिर्फ आपके जो खोखले दावे हैं उनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा और हकीकत की दुनिया में आना पड़ेगा और धरातल पर आपको इन जैसे लोगों की जो आपने भगीरथ प्रयास किया है डबराल जी ने उन जैसे लोगों की मदद करनी पड़ेगी मेरा जागो उत्तराखंड के लिए जसगर रिजॉर्ट से अम्बेशवं